उमरिया में जंगली हाथियों की मौजूदगी के बीच कबीर यात्रा शुरू की गई इस दौरान बड़ी संख्या में कबीर के अनुयाई पहुंचे कबीर के अनुयाई अगहन पूर्णिमा के दिन कबीर की तपोस्थली दर्शन के लिए पहुंचते हैं किले में स्थित कबीर की तपोस्थली में अगहन की पूर्णिमा में कबीर के अनुयाई कबीर की तपोस्थली में समाधि स्थल पहुंचे अनुयायी लगभग पंद्रह किलोमीटर की पैदल यात्रा कर घने जंगलों से होकर तपोस्थली पहुंचते हैं और माथा टेकते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर दामाखेड़ा के सदगुरु धर्मदास साहेब राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त पंथ प्रकाश मुनि नाम साहिब की अगुवाई में कभी मेले का आयोजन किया गया बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने पर बांधोगढ़ पार्क प्रबंधन और जिला पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है बाधोगढ़ टाइगर रिजर्व के सिद्ध बाबा शेष सैया और कबीर गुफा के रास्ते से लगे आस के क्षेत्रों में जंगली हाथियों ने पूर्व में कई बार उत्पाद मचाया है जिसको देखते हुए पार्क प्रबंधन ने उचित व्यवस्था की थी धनी साहब राजथुरा से कभी साहब को बांधोगढ़ लाए थे और बांधोगढ़ में उनका ज्ञान चर्चा हुआ उसमें बीजक लिखे उन्होंने कभी साहब बोलते गए और कभी साहब उसको संग्रह करते लिखते गए बीजक है अनुराग सागर है शब्दावली है साखी ग्रंथ है अमरमूल है सुख है ऐसे बहुत सारी ग्रंथ उन्होंने दो, दो से आज तक ये रूट से ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं यहाँ से यहाँ से मुक्ता नाम साहब कदुरमाल गए छत्तीसगढ़ कोरबा जिला में अभी और वहाँ से कोरबा से उनका जो दूसरा वंश हुए सुदर्शन नाम साहब वो रतनपुर चले गए और तीसरा वंश गुरु कुलपति नाम साहब वो फिर वो कदुरमाल आए हाल में एक बार कबीर गुफा में जो श्रद्धालु जाते हैं हर वर्ष की तरह जाते हैं आज भी आप यहां पर प्रकाश मुनि जी के यहां पर उनके गुरु आए हुए हैं यहां पे हम लोग का जो अनुमान है लगभग लग 10000 प्लस यहां पे लोग अभी अंदर गए हुए हैं अभी तक तो वो लोग सब अनशासन में हैं और उम्मीद है की प्रत्येक वर्ष की भांति वो लोग अनशासन के साथ पे जाते हैं और तो वहां से हम लोग का प्रयास ये रहता है की पाँच बजे तक हमारे गेट से अंदर आ जाए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें